बेसिक मसला दस हजार रूपये में कोई परिवार पाल सकता है सात हजार रूपया में कोई परिवार पाल सकता है जिसमें उसको सन, रोज स्कूल भी जाना है दस बीस पचास रूपये आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा उल तो जाएगा नहीं उसके बाद दो वो तीन बच्चे हो मकान भी लेगा रोटी भी खाएगा हरी बीमारी भी, भी होगी कपड़ा लता भी होगा माता पिता हैं वृद्ध उनकी देखरेख इलाज भी होगा हो जाएगा अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में हम भी लोग सीखे हम भी लोग सीखे कि भाई सात में ये बजट है हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सब मौजूद लोग तो बताओ ना अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें सार्वजनिक कर दीजिए ये लाखों बच्चे भी उदासी के सब से बाहर आए